हेलो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मोनिटाइजेशन होता क्या है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि ये वीडियो आपकी मोनिटाइजन होता क्या शुरू होता है हमारे एम फोर के आपका वॉच टाइमिंग से वन के सब्सक्राइबर और फोर के जो आपकी जो वाच टाइमिंग है उसका फंडा क्या है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, है कि भाई YouTube ने एक आपका पॉलिसी बना के रखी हुई है कि एक साल में आपको वन के सब्सक्राइबर और फोर का वाच टाइम आपको रखना है तभी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन होगा वरना यह मोनिटाइजेशन नहीं हो सकेगा तो उसके लिए हमें करना क्या क्या तो तरक्की आपको वीडियो बनाना होगा जिससे सबसे हटके हो और जो उसकी वो वीडियो हो वो यूनिक हो सबसे हटके हो ताकि हमारे वॉच टाइम मिल सके कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे वीडियो का दस व्यूज पंद्रह व्यूज सौ तो व्यूज मुश्किल से आपका सौ डेढ़ सौ तो व्यूज के आसपास में आते हैं फिर वॉच टाइम में आपका बंद हो जाता है व्यूज आना बंद हो जाता है तो ये क्या करता है ना आपका आपका ये जो प्लेट टाइमिंग है वो आपको धीरे धीरे आपका डाउन होते जाता है और वो आ, लास्ट में उसका व्यूज आना टोटली बंद हो जाता है इसके लिए हमें क्या करना है कि भाई वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें कुछ हटके बनाएँ ताकि इसमें की जो वॉच टाइमिंग है वो बढ़ते जाए और वाश जो, है, जो, है, जो वाश टाइमिंग की जो फंड जो है वर्श टाइमिंग जो है वो क्या है ना कि अपडेट होती है आपकी 24 घंटे में ये ऐसा नहीं होता है ना क्य। कि क्योंकि मिनटों में नहीं होता है ये घंटों में होता है तो जो है ना वो विंड आपके क्या होते हैं ना घंटों में बदलते हैं बदलने में टाइम लग जाता है तो जिसके कारण क्या होता है ना कि यूट्यूब आपको चौबीस घंटा भी अपडेट करते रहता है ताकि आपका जो वाश टाइमिंग जो है वो आपका बढ़ सके अब मिनटों में तो वो बढ़ाएंगे नहीं कि हमारा इन वन के सब्सक्राइब और वीडियो की जो वॉच टाइमिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हमारे यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट ये देखते हैं इसलिए तो आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है आपको वीडियो अपलोड करते रहना है ताकि आपकी कोई तो एक वीडियो हो जो आपको मिलियंस में भी जा सके वही वीडियो आपकी मोनिटाइजेशन को बढ़ा देता है आपकी सब्सक्राइबर को बढ़ा देता है आपकी वॉच टाइमिंग को बढ़ा देता है तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जान सकें